ज़िंदगी का एक सिंपल सा रूल है जो तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए जान ले जो तुमसे नफरत करते हैं उनके अच्छे से ले